कहानी बड़ा बोस की कहानी ऋषि भरत जी का बचपन बीता शकुंतला जिस की माता थी राजा दुष्यंत पिता राजा दुष्यंत पिता किसी आश्रम की दो तपस्विया करती थी उसको गोद में ले लेकर दिन रात खिलाया करती थी एक दिन आश्रम के निकट एक सिंह शावक आ गया उस शावक को उठा लिया ऐसा दृश्य देख कर तपस्वी ना घबरा गई ऐसा दृश्य देख कर तपस्वी ना घबरा गई लगी बालक को समझाने तुम शावक को जाने तुम यही। नहीं नहीं नहीं, मैं शावक को नहीं छोड़ूंगा शावक को छोड़ोगे तो सुंदर खिलौना देंगे तुम्हें नहीं छोड़ोगे तो सिंह आकर झपटेगी तुम्हें भरत ने बना के कहा सिहन से कौन डरता है भरत ने बना के कहा सिहन से कौन डरता है मुझ में गुरु वंश के राजा दुशंत की न डरता है बीच में आ जाओ यह सब दृश्य खड़े हो देख रहे कर करेंगे हम ऋषि जी के दर्शन उसके समीप में ही एक सुंदर तेजस्वी बालक देखा उसके समीप में ही एक सिंह शावर को देखा बालक के निकट दो सुंदर स्नेओ से समझा रही शावक के बदले खिलौने का लच दिखला रही एक तपस्व अंदर से एक नया खिलौना ले आई लगी बालक को समझाने तुम शावक को छोड़ो यही नहीं नहीं को नहीं छोड़ूंगा लगा सोचने तब राजा किस वीर की संतान है लगा सोचने यह राजा किस वीर की संतान है यह तो वीर लगता है किसी राजवंश का कुमार है एक तपस्वी से पूछा ये कौन बालक है यह तो वीर लगता है किसी गुरुवंश का बालक है एक तपस्वी लगे यह उनका राजकुमार है यह सब सुन राजा तीर्थ की यादों में हो गए भरत ओ भरत भरत तुम कहा हो इतने में शकुंतला भरत के खोज में आई वहां देख अपने प्रियतम को अपलक निहारने लगी वहां देख अपने प्रियतम को अपलक निहारने लगी अपनी शकुंतला को देख गन में खो गई इनका अभिनंदन करो इनका अभिनंदन करो इतने में मारी ऋषि जी प्रसन्न इतने में मारी जि जी प्रसन्न हो वहा दुष्यंत शकुंत लाले पुत्र सहित आशीष पाए ऋषि बोले तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती कहलाएगा ऋषि बोले तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती कहलाएगा इतनी कीर्ति बढ़ेगी इसकी शिखरों पर चढ़ जाएगा तुम भाग्यशाली हो प्रतिभावान तुम्हारा पुत्र प्रखर बुद्धि है प्रकर बरस भारत वर्ष बनेगा हर मानव गुण गाय भारत की भूमि जिस पर तुमने जन्म लिया हिंदुस्तान देश को देखो एक अनोखा नाम दिया धन्य धन्य हो भरत तुम्हारी महिमा अपरम्पार धन्य धन्य जिस पर तुमने जन्म लिया जिस पर तुमने जन्म लिया